do do dozy beats camp full up mom. yo take it yep jd don present dilaga main kabita dance tu sun bina shikayate ko dikhega mom had jaali chor pakda hip hop ka mod mera rasta tu chhod meter karen tod fod tu sun meri baaton ko dekho waau pata aane ko baat de le gaadi wala tumko naye naye ke sath ye jab meri chatna hi kata badi baat nahi kata badi baat देख ले या को मला खूप तेरमे निखतावी रात को लिखूंगा मैं इतना कि थोड़ो न जात को दूसरा मेरी बात को तू समझ मेरी बात को तू समझ मेरी बात को तू समझ मेरी बात मैं दिल लगाऊ कशना नकली दे रहाना तेरा गाना सुडके मैंने तुझको पहचाना पॉपनन कतक मुखरे सोना राजा की शक्ल देख तेरी जैसे गोला निक मामा पड़ तो पुर होता आला तुझबोर अटकिंग पाचमी मज गाने दे सुर जस्त भारी लोग भरू मज गाने लागल्या वरना तू दु पारू पर खाली हाथ जाऊंगा मेरी मंजिल को मैं बहुत जल्द खाऊंगा गाऊंगा जब तक मैं जब तक मैं गाऊंगा